तो हेलो गाइस आज मैं खेल रहा था पी रैंक और उतने में मेरे अंदर एक क्यूँ उठती है क्यों ना मैं थोड़ा बग यूज़ करके थोड़ा मजा लूँगी तो गाइस मैं यहाँ पर गाड़ी को लगा के और यहाँ पर आ जाता हूँ टावर के नीचे लेकिन गाइस यहाँ से तो सब कुछ ठीक था लेकिन कुछ देर बाद मन करता है कि यार जैसे ही बंदे आते हैं मेरे सामने कुछ तो मुझे मन करता है चलो उनको मारते हैं मैंने देखा फिर मार्ज कर दिया जब मुझे पता नहीं उनको डैमेज देख ही पड़ रहा है तो मैं थोड़ा कैसे बताऊँ कि मैं अंदर हूँ मैंने यहाँ पर नोट दिखाना स्टार्ट कर दिया अब इमोट दिखाने के बाद एक इमोट दिखाया जैसे मैंने दोबारा इमोट मोड़ तो क्या मुझे किसी ने मार दिया लेकिन जब मैंने उसको दोबारा रिवर्स करके देखा तब तो मुझे पता चला गेनू ने, ने मुझे लात मार के बाहर भगा दिया गया